قول له ما ابي بقول दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं मंडी का एक ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों की समस्याओं तो को YouTube के द्वारा चिंता भी वीडियो कोई भी वीडियो आपको शेयर करानी हो या वीडियो बनवानी हो याद करो मेरा एक नया चैनल है हरीफ फरमान ब्लॉग जिसमें आपको हर तरह की टेक्निकल वीडियो ट्रेवलिंग वीडियो जानकारी दीजिए और कोशिश की जाएगी कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए असल